भूत बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा नहीं निकलूंगी ये देखी से बाहर निकल कुछ नहीं होगा मुझे एंजल <स्थीव> <आगा। स्थीव> <आगा। स्थीव> <स्थीव> man kind soul did is green